देखो सूरज की किरणें किरण लगी रंग भरने लगी जागो जागो भवानी सुबह हो गई सुबह हो गई भीड़ भक्तों की आई माँ तेरे द्वार पर सब पे उपकार कर चलने लगी ठंडी पुरवाई माँ तेरे द्वारे बजी मीठी शहनाई माँ लगे वो साथ में ढोल भी मां बचने लगे क्यों ना पा तू जगे जागो जागो भवानी सुबह हो गई सुबह हो गई भीड़ भक्तों की आई माँ रे द्वार पर सब पे धुपकार कर जागो जागो भवानी सुबह हो गई सुबह हो गई खुशबूसी है हर तरफ संगली फूल चुन चुन के मालन लाने लगी फूल चुन चुन के मालन लाने लगी दर सजाने लगी जागो जागो भानी सुबह हो गई हो गई किस्मत मेरी जो तू खोले नयन लगी भक्तों को तेरे तरश की लगन जग किस्मत मेरी जो तू खोले नयन लगी ओ खोलो अखियां मैया विनती करू खोलो ओ मैया विनती करू चरणों को चू खरने लगी रंग भरने लगी जागो जागो भवानी सुबह हो गई हो okay. गई